नमस्कार गुड मॉर्निंग जोहार एजुकेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सारे तो तो तो तो भी का भी लंबाई, चौड़ाई कैसे है, तो संचालन अब जो बाल विकास के जो दूसरे पक्ष है संज्ञानात्मक तो विकास उसकी बात हम लोग पहले हम लोग शरीर शरीर, से बना पर संबंध है। है? है तो तो, दे दे तो तो संज्ञान संज्ञान। संज्ञान संज्ञान संज्ञान संज्ञान जो संबंधित वो क्या क्या क्या बोला? इसको जैसे का का का बात बात होंगे, में ले लिया। तो इस गया। मतलब होता उसको? शिक्षक होने के नाते हमें जानना चाहिए कि बच्चों में जो संज्ञान है या बुद्धि का विकास उसके बाद भी हम कुछ कार्य व्यक्ति के बारे में जब कुछ समझ बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं वहां बुद्धि का कि जो की उन कौन से विचार सही है कौन से गलत है क्या करना है क्या नहीं करना है तो बुद्धि काम करते हैं तो उसका विकास है, है? संज्ञान का जो तो के के पर्यावरण का बोध हमारे आस पास चीजें बौद्धिक है सामाजिक है सांस्कृतिक तो तो है भी है। है, तो और पर्यावरण का हो गए तो सब कुछ हमारे और हमारे हमारे पूरी सृष्टि क्या है उसकी जो समझने की क्षमता है वही क्या करता है संज्ञान कराता है तो हर व्यक्ति का ये क्षमता अलग अलग होता है और क्षमता का विकास भी शुरू से ही होता है बच्चे जब जन्म रहते हैं उसी समय तो कैसे कैसे होता है इसके बारे में जानने तो अगर हमें, हमें है समझना है क्या है तो तो या समझना कि अप्रया, कि समझ क्या क्या का बोध समझ क्षमता करने की क्षमता है और इन क्षमताओं का विकास क्या कहलाता है चीजों को हम किस में ले रहे रहे हैं हैं कितना सही समझ वही हमारा तो ये कैसे होता है तरीका क्या है कैसे ये विकास होता है उसकी बात हम लोग करते तरफी में अपना सिद्धांत किया ये यस इसका मॉडल चार्ट बनता है ये कितना 1 2 3 4 4 बातें करता है विशिष्ट कहता है कि सबसे पहले कहते हैं कि संज्ञा का विकास विशिष्ट क्रम में होता है विशिष्ट स्पष्ट आगे की जैसे कुछ खास खासली हां स्पेशली होता है उसी क्रम में होता है क्रम बदल नहीं जैसे आप बता सकते हैं जैसे मान ले अवली अच्छी है पहले जो धानसरी का धान हुआ पहले फिर पैर है हाथ हाथ में नहीं से होता वो तो मैंने बात की थी कि दुनिया का कोई हुआ क्या होगा लड़को तब दौड़ेगा तब रास्ते पहलेगा अच्छा बच्चा होगा जो गुना पहले सीख गया तब जोड़ा पहले जोर सिखा तबी चीजें तो पहले को क्रम है हां तो ये क्रम उन्हीं का क्या कहलाता है उनका कहना है कि विशिष्ट क्रम है क्रम भाई क्रम हां क्रम विशिष्टadditive का एक क्रम हमें बताते हैं वो है पहले बच्चा हाथ देता बच्चा मकान देता हाथ उसके भाई होता है मुख्य करना सीखता है अब क्या करता है जब विफल वस्तु जा रहा वस तो है उसके तरफ कुमार सके धीरे-धीरे क्रम नहीं होता है पता है क्रम में हां उसका उसको देखा है कोई बच्चा ऐसा नहीं हुआ है जो तो संज्ञा क्या ऐसा शब्द क्या है संज्ञा है दुनिया का तो कोई भी बच्चा हो किसी जाति का हो किसी देश का हो किसी भाषा भाषी का हो किसी भौगोलिक क्षेत्र का हो हर बच्चे का का विकास होता है है है है उसके बाद वो बाजार लाल लाल लाल को गाड़ी तो के बाद चरणों में में होता ये है ये ये इस कुछ चार चार चरण चरण चरण चरण चरण है कि है है जो क्रम क्रम इसको को को एक दूसरा बच्चा क्या करता तोड़ के पकड़ के पटक के साथ करते जोड़ हैं पहले क्या से चार कर दिए दिए दो कर दो गया, तो गया तो. चार चार तो हैं हैं हैं हैं उसके बाद क्या करते हैं उसको चित्र देते को और दो पहले अब चरण भी है एक क्या है? कुछ उम्र तक के बच्चे जो हैं। ये वस्तुओं से जोड़ेंगे से जोड़ेंगे और एक एक खास खास उम्र के एक खास समय के बाद, समय पहले समझ लें कि मॉडल में क्या करेंगे पहला क्या है विशिष्ट ग्रह जो होता है कितने चरणों में बांटा गया है चार चरण क्रम कितना होगा क्रम कोई नहीं लेकिन क्रमों को कितने है? उसके बाद क्या होता है ये? कि आप ऐसा कोई बच्चा नहीं है अगर शल करते हैं तो जब दौड़ना शुरू किया उसके बाद फिर से नहीं नहीं दौड़ना शुरू किया तो अगला अगला अगला चरण चरण में जाएगा जाएगा जाएगा क्या चढ़ने का नहीं फिर वापस तो आप परिवर्तन परिवर्तन नहीं होता फिर वापस बैकवर्ड नहीं होता उसके बाद साथ के साथ क्रिया घटित हो आ, तो रही है तो समझ क्या समझा कि विकास क्या है की की समझ समझ समझ कैसे कैसे हो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं हैं हैं हैं हैं नदियां मनुष्य सामाजिक चीजें तो उसकी चीजें तो कोई बोला मिथा, ना। ना। मिथा, ना। ना। ना। है हैं कि सब सब को तरह से किया जा सकता है सभी चीज को एक ही तरह नहीं, <सथ> नहीं।, नहीं। इसे कुछ चीजों को छूकर भी किया जा सकता है बहुत उसको ज्यादा कर से ज्यादा ज्ञान इंद्रियों के प्रयोग कर रहे हैं क्लास में सिर्फ ज्यादा और बच्चे जो तो और पर हैं हैं तो तो बच्चे देखते दे। दे। so, देखना सुनना होता शोध हुए शोध करता है कक्षा में तो बच्चों का सीखने का क्षमता है कक्षा की बात पूरे जीवन की बात है पूरे जीवन में हम चीजों को कैसे समझते हैं सुनते हैं आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर हुआ है है? से। में क्या आता सुनना, सुनना, देखना, सुन्दना, और इन सारी चीजों ही हम तो किसी वस्तु के बारे में समझ बनाते हैं जैसे तो हम अगर आपको कुछ है ठीक है तो कैसे बहुत तो सारी चीजें हैं हैं, सामने पेट्रोल और डीजल या क्या अगर आ, है ये हमारे अनुभव के हम तो हम के जिसे हैं चीजों तो तो से चारों लोग पार्क में घूम कर के आते हैं और चारों से पूछा जाता है कि ने कुछ बताइए तो बताएंगे तो है समान देखा देखा देखा है आप देख रहे हैं आपको देखने से अलग अलग चीज बताएंगे अलग अलग चीजों के बारे में संज्ञान को अलग अलग तरह से संज्ञान की बात होता है तो जितने भी व्यक्ति वो सबको एक तरह से चीजों को व्याख्या करना चाहिए था लेकिन अलग था तो अलग तो हैं। करते हैं। हमारे का विकास करता करता क्या मतलब सुनने वाली चीजें और देखने वाली चीजों को रिकॉर्ड करता है और लगा दें और चार ले जाएंगे तो क्या दिखाएगा भी लेकिन व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है बच्चों के साथ ऐसा तो वो अंत क्रिया से होता है इंटर एक्शन मतलब आपस में बातचीत सुनना देखना बोलना उस पर करना करना तो भी क्रिया परिवार है वो दूसरा है मानसिक उपाधन जो फोटो कैमरा होता है जो वीडियो शूट करने वाला जो उपकरण होता है उसमें सिर्फ एक ही उत्पादन होता है कौन सा शारीरिक और उसमें भी सिर्फ सुनना और देखना देखना वाला होता है। अभी तक कोई ऐसा नहीं जो दोनने का रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर, बना? कैसा कैसा या अगर भोजन की चीज़ करना तो और देखने का हमारा शरीर के अंदर जो कैमरा है वो पांच चीज है लेकिन यही पांच नहीं है हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यही पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही हमारा विकास ये पांचों अभी हम लोग सिर्फ यही है अगर आपका प्रश्न आएगा कि संज्ञान के कितने उपादन है संज्ञान में होता है शारीरिक उपाधन से मानसिक पालन से कि दोनों से या इनमें से किसी से हमारा से. दोनों, से दोनों के बीच दोनों दोनों से नहीं होता अलग अलग नहीं होता है दोनों के बीच क्या होता है हम किसी चीज को जब सुनते हैं तो ये सारी चीजें होती है उसके बाद फिर जब देखते हैं तब भी ये सारी चीजें होती है साथ साथ चलती है यहाँ पर हम चीजों को देख रहे हैं तो संज्ञान से होता है जवाब क्या हो गया शारीरिक और मानसिक उपाधो के ऊपर स्वरूप क्या होता है संज्ञात्मक विकास होता है साली शारीरिक उपादन में क्या होता है चीजों से अमानुभवी है दुर्गर देवघर सुंदर चक्कर और जब ये चीजें होती हैं, तो फिर क्या होता है यहाँ पर मन में कुछ कुछ होता है जना हो, क्या होता है सबसे पहले पुनर् रचना पुनर्रचना पुनर होता है पुनर्रचना क्या होता है विचार करना उठना सरह का बात इसमें उठना कि ये कैसे होगा वो हो की चीज हो नहीं रचना से पुनः मतलब कुछ नया तो बना बना जैसे।, जैसे आप पहली बार किसी गुलाब का फूल देखते हैं कैसे है तो क्या उसके बाद कैसा होगा पहली कोई बताइए गोल गोल गोल गोल आता आता आता है है है है और लाल लाल तो ये पहला बार देखे, बार लेकिन पहले जो रचना आपके दिमाग में रचना क्या थी गुलाब सफेद रखना उना बचाना करते फिर उसको रखना करते कि नहीं गुलाब कपूर लाल भी होता है और गुलाबी भी गुलाब भी तो यही नहीं रुकता है जब ये आता है कि फिर संमंजन होता है दूसरी बात क्या करते हैं फिर उसको अब संमंजन करते हैं दूसरी तो बात उसको एडजस्ट करते हैं चलो भैया तुम भी रहो और बिंदिया रहो गुलाब कपूर ऐसे बनता है हां तीसरी बात जब नीले तक ये गुलाब कपूर देखा अगली बार कहीं दूसरी जगह पे फिर दुआदा कि तो वहां दूसरा नाटक था का तो अब जब समंदर के बाद फिर फिर होता है फिर आत्मा आत्मा आत्मा मान लेते हैं ठीक है तो ये क्या होता है पहले आत्मसात क्या किया था गुलाब का फूल होता है और गुलाबी भी, भी, भी, भी होता है मन में सम्बंधित कर लिए खाली सम्बन्धित करिए अपने मन में रचना किए फिर रचना में अगर फेर बदल करना होगा तो सम्मन किए और उसके बाद क्या किए स्वीकार कर लिए आत्मसात कर आत्मा में के बच्चे क्या है दो उनका और बड़ा छोटा अलग अलग तरह तो कई बार देखने के बाद तब क्या होता है हमारा गुलाब के बारे में हैं हैं और क्या है? है? ठीक तरह से तो बच्चे किसी किसी पेड़ को देखते हैं, या बच्चा सवाल नहीं करता उसके मन ही मन ये तीनों चीजें चलती है उसके बारे में क्या तस्वीर बन जाता है उसको फिर से फेरबदल करना उसको क्या करना करना दोनों को और उस तो तो अनुभव के आधार पर मन द्वारा पुनर्रचना सम्मान और आत्मसात करना तो ये हुआ विकास कैसे होता है अंतर दुण दुण दुण दुण दुण दुण। किसके है? सारे और में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सुनना, है अगर आपका प्रश्न होगा की शारीरिक उत्पादन के तहत नहीं आते हैं सुनना समंजन देखना सुनना क्या है उपागम उपागम उपागम के, के, के तहत नहीं नहीं आते हैं सुनना समंजन, देखना, सुनना देखना मानसिक मानसिक इनमें से कौन है शारी और चखना चखना चखना नहीं तो चाहते विकास घटित होता है द्वारा, द्वारा, द्वारा, दोनों दौरा, दोनों ये समंजन जो है हम लोग विचार किए पहले फूलिए अब दिखाई पड़ गया पर पर वो सिर्फ करता कि नहीं नहीं समझ, नहीं, नहीं यही यह, यह, यह है है है ये ये भी भी भी ऐसा तो दोनों दोनों दोनों पर पर करता समान जगह अरे पे सही सामान्य से का का सीट चलो भैया ऊपर तो सारा बात है मैं कह रहा था कि और कितना समय सब लोग आराम से लेंगे अगर अजेस्टल से चेक पर चार्ज पे होगा तब कहेंगे कि हमारा समझाना भी पास होगा जैसे हम लोग कल बाहर ही जा रहे थे बीच के सीन में जगेश्वर सर बोल गए थे कि ना हमें हमें अपने बच्चे लोग खा पर चलो हां एक बोल रहा था ओकरा बोले भाई प्रेमराज क्लियर है तब हो गया आत्मा से रे तो वो तो सारी सुरक्षा एडजस्टमेंट वाला वो भी ये हो वाला मन में भी एडजस्टमेंट होता है ना एडजस्ट कांसेप्ट एडजस्ट कर ली तो तब कहा है कि हम उसका जैसा मेरा तो दिखाओ और ये सिर्फ वस्तु के साथ नहीं होता है आपके व्यक्ति के साथ होता है किसी व्यक्ति के पहली बार आप मिलते हैं थोड़ा सम्मान खींच नहीं है थोड़ा थोड़ा हमारा चाकू बोल दिया इत्यादि तो मन में क्या उसके बारे बनेगा आपका रचना क्या बोलेगा कि ये थोड़ा खड़ूस है खड़ूस है क्या अच्छी में तो उसी के आपके से कुछ ज्यादा मिलते हैं पिछली आप लता से बात करता है आपको आपको इतना स्नेह देता है क्या तो पर उसके के बारे में एक और और तो तो में है है है है ये उसमें अंदर अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि से बहुत आप मिलते हैं तो तो उसको तो पता तो है ये क्यों नहीं उसकी कुछ बातें रख भी सकते हैं या पूरी तरह से हटा भी करते हैं और समंजन करते हैं क्या वो करते अपनी आत्मा को स्वीकार करें तब जाकर आपका हो उसके बारे में विचार बनता है उस व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी परिस्थिति के बारे में ठीक है ना तो वो जो विचार बनता है, है वो जो अवधारणा है सर की जैसे वो बोले के बारे में देख रहे हैं अगर हुआ आदमी बोला और उसकी कर रहा है तब बोल रहा है तब आपको कोई समंजन नहीं हो कोई नहीं बात सही है बचपन की आप ढेर सारी बातें या ये कि इसके बारे में हम ऐसा ऊपर चलनी लेकर बैठे पानी गिरता है उसका तो गिरता है मेरा होता होता लेकिन धीरे-धीरे बादल वादी क्या बताए समझ पाते समय पुनर रचना के साथ समय किया हमने कोई कहता है या मैंने पता नहीं मैंने पढ़ा है अच्छा तो पता नहीं वो भी कैसी कहानी तो करता है में कैसे तो तो बाद में क्या हुआ विचारों में जबना नहीं होता है सिद्धांतों का पुनर्रचना होता तथ्यों का पुनर् रचना होता किया, किया, है क्या होती है समय के साथ ये सुना देखा पढ़ा किताबों में पढ़ा शिक्षक में सुना ये सारी चीजों को करते हुए यहाँ तक पहुंचा पहला है संवेदी का का गति से मतलब ये संवेदी जार्या। है गति गति के कारण से पूर्व पूर्व, पूर्व, संक्रिया। पहला पहला संवेदी संवेदी संवेदी संवेदी चरण, चरण चरण का जो जो विकास चार है, कौन सा? मतलब कि वस्तुओं को तोड़ना पटकना दूसरा पूर्ण त्मक पूर्ण संक्रतम चरण मतलब कि पर अभी मतलब चिंतन बच्चे का नहीं होता लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पा करते विकास अभी नहीं होता है दो तीसरी चौथे को नहीं समझ सकते हैं हम लोग पूर्व संक्रिया तीसरा चरण है मूर्ख संक्रियात्मक ये हैं। कि अब वो चिंतन कर कर सकता है। तर तर सकता है सकता है है लेकिन कब जब ठोस उसके पास तब उस दो तीन चीजों को देखकर चौथी चीजों के बारे में वो है किस है? में चरण उसके बाद चारीसंख्या से असर पड़ सकता है, मतलब क्या होगा कि विभिन्न वर्षों में नहीं भी है, के भी उसके बारे में वो वो जगहों जित कर सकता है, केंद्र कर सकता है, उसका कर धन्यवाद इस कड़ी में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कारण को जाना अगली कड़ी में हम पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के चरणों को जानेंगे